मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जगदीशपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 1715 में हुए घटनाक्रम का जिक्र किया और कहा कि इस्लाम नगर का 308 साल पुराना गौरव लौट रहा है अब इसे फिर से जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा साथ ही उन्होंने जगदीशपुर में 26 करोड़ 71 लाख की परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया शहरों के नाम बदलने की प्रक्रिया तो मुगलों के जमाने से चली आ रही है अब नवाबों और मुगलों के जमाने में बदले गए नामों में परिवर्तन किया जा रहा है इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जगदीशपुर गए जहां उन्होंने कहा कि 308 साल पहले जिस स्थान पर कतलेआम हुआ था अब वहां राजाओं के स्मारक बनाए जाएंगे आगे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा यहां पर विकास कार्य किए जाएंगे इसके साथ ही शिवराज ने मंच से ही 26 करोड़ इकहत्तर लाख की परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ स्थानीय विधायक और भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह मौजूद रही वो खबरें जो आपके काम की है